जैन साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube चैनल में दोस्तों आज आपके लिए एक नई अपडेट लेकर आया हूं तो नई अपडेट के साथ हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि एमपी पी कोर्ट के जो अभी ग्रुप फोर के प्यून वॉचमैन चपरासी गार्डनर वॉचमैन इनका इंटरव्यू चल रहे हैं तो दोस्तों इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और आगे जिनके इंटरव्यू हो रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी वीडियो तो प्लीज वीडियो के अंत तक में बने तो बिना आपका समय लेते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक और एडिशनल जानकारी आपको देना चाहता हूं सिविल जज की और जूनियर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकली है एम हाई कोर्ट में तो इस वैकेंसी को जरूर फिल करें तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन और ये पूछा गया था कि आविदा का नाम क्या है आविदा का पता कौन सा है कहाँ वो रहता है उसका रेस, रेसिडेंस कहाँ का है उसका ऑक्यूपेशन वर्क क्या है वो का, क्या काम करता है फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसकी डिटेल पूछी गई अगर आप मेरिड हैं तो आपके हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं ये सब पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं आपको हम इस जॉब जो में क्यों सेलेक्ट करें आपको हम इस जॉब में क्यों सेलेक्ट करें और आपका हायर एजुकेशन क्या है आप कहां तक पढ़े हैं तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो दोस्तों तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में